सही देखिए साथियों देखिए साथियों शिक्षक की ये सीलिंग की जा रही है जिसमें सभी सब्जेक्टों की वैकेंसी कोड एक्सपेक्ट हो रहा है लेकिन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कोड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कोड को एक्सपैक्ट नहीं किया जा रहा है जिससे एग्रीकल्चर के सभी स्टूडेंट अधिक परेशान हैं और तीन दिन से लगातार एमपी ऑनलाइन के चक्कर काटते काटते फिर भी वहां जा कर बार बार देखा जा रहा है तो एग्रीकल्चर के जो कोड हैं वो कंप्यूटर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इंटर और इंटर वैकेंसी कोड नहीं ले, ले रहा है जिससे सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बहुत बहुत परेशान हैं अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का जल्द से जल्द जल जल हल निकालने क्या कष्ट करें जिससे ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के स्टूडेंट अपना अतिशिक्षक का फार्म ऑनलाइन भर सकें और वो अपनी विद्यालयों में समय से पहुँच सकें धन्यवाद